इस वक्त एक बड़े से कमरे में जो फिलहाल रोशनी से जगमगा रहा था बारूद की खुशबू के बीच दस लोग मौजूद थे में अपना हाथ टेबल पर मारते हुए एक लड़के ने कहा लीडर वो जाबाज जोशीले बिल्कुल नहीं जानते की उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा उनकी इतनी हिम्मत हो गई की उन्होंने हमारे फरान को इतनी बुरी तरह मारा बेचारी की क्या हालत हो गई है अगर हमने उनसे इस बेजती का बदला नहीं लिया तो अंदरूनी हिस्से में हमारी वाइट कैंग का नाम तो बदनामी हो जाएगा इस पर किसी और ने भी उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा हाँ ठीक कह रहा है हमें अपने भाई फरान की बेजती के बदले चुप तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते इस दौरान एक लड़का एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर कुछ सोचने में लगा हुआ था देखने में वो लड़का काफी हद तक किशान की तरह दिखता था और उसे देखकर तो ऐसा समझ आ रहा था कि वो व्हाइट कैंग का लीडर था ये लीडर कोई और नहीं बल्कि ईशान का भाई और ताकतवर रैंकिंग का सबसे ताकतवर योद्धा इमाद था वही इमाद ने अपने लड़के को गौर से देखने लगा उस लड़के का आधा चेहरा पट्टी से ढका हुआ था और उसका इतना बुरा हाल हो रखा था की वो पहचान तक में नहीं आ रहा था यह लड़का कोई और नहीं बल्कि फरान था जो ध्रुव का मुक्का खाने के बाद वही के वही बेहोश हो गया था तभी इमाद ने फरान की ऐसी हालत देख उससे थोड़ी परेशानी में सवाल किया। फरान, तो में, में फरहान ने अपनी दर्द भरी आवाज में इमाद को जवाब दिया वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा गहरे जख्म नहीं आए हैं लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए मुझे कम से कम चार से पांच दिन तो आराम करना पड़ेगा इस पर इमाद ने अपना सिर हिलाते हुए उससे आगे पूछा इस लड़के ध्रुव शौर्य की ताकत कितनी है और ये सवाल सुनते ही फरान के चेहरे पर हल्की नाराजगी झलकने लगी जिसके साथ उसने आवाज में खींच के साथ जवाब दिया इमाद अगर उसकी ताकत के बारे में बात की जाए तो वो सिर्फ एक पांच या छह सितारों वाला महादक्ष है लेकिन उस लड़की के पास एक ऐसी खास तकनीक है जिसकी मदद से वो अपनी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ाकर एक द्रोण रैंक का योद्धा बन सकता है और तो और जिस रोशनी का वो इस्तेमाल करता है वो भी मामूली रोशनियों से काफी ज्यादा खतरनाक है किया था उस पर लेकिन उसकी उस रोशनी ने सब बर्बाद कर दिया और सच कहू तो मैं फिर भी मुकाबले में हारा नहीं होता लेकिन वो सुपर सोनिक तकनीक भी जानता है उस तकनीक का इस्तेमाल कर उसने मुझे दंग कर दिया और मौके का फायदा उठाकर उसने मुझ पर ताकतवर हमला कर दिया वहीं फरान की बातें सुनकर इमाद ने अपना सिर हिलाया और फिर उसमें अपनी नजरें घुमाते हुए पास ही बैठे ईशान की तरफ देखा जैसे ही ईशान ने अपने भाई को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा भैया फरान जो कुछ कह रहा है वो पूरी तरह सच है उस ध्रुव के पास सच में ऐसी खास और अनोखी शक्तियाँ हैं सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास एक और खतरनाक हमला है जिसमें वो रोशनियों को मिला देता है उसने उस हमले का इस्तेमाल चिराग को हराने के लिए किया था लेकिन किसी वजह से उसने आज वो हमला इस्तेमाल नहीं किया इस पर इमाद ने भी बात को समझते हुए कहा मैंने भी सुना है उस अजीब से हमले के बारे में वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन ऐसा लगता है कि उस हमले का इस्तेमाल करने के लिए उस लड़के को बहुत शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है इसल की ताकत को ध्यान में रखकर वो शायद उस हमले को एक या दो बार ही इस्तेमाल कर पाए इतने में फरान ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा लीडर इस बार में मुकाबला इसलिए हार गया क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था लेकिन अगली बार जब हमारा मुकाबला होगा तो मैं किसी भी कीमत पर वो मुकाबला नहीं हारूंगा यह सुनते इमाद ने भी नाराज होते हुए सवाल किया क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी और बेजती कराने के लायक भी बचे हो इतना कहकर उसने जोर से अपना हाथ टेबल परते मारा जिसे देखकर आस मौजूद लोग थोड़ा घबरा रहे थे लेकिन इसके बाद एक अजीब सी खामोशी उस कमरे में गूंजने लगी जिसमें किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की इतने मेमाद ने आवाज में नाराजगी के साथ फरहान से कहा अगर तुमने मुकाबले के पहले बेवकूफ़ों की तरह वो वादा नहीं किया होता तो मैं जरूर जाकर उस जाबाज जोशीले ग्रुप को अभी के अभी खत्म कर देता लेकिन तुम्हें तो अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है ना जिसके चलते तुम मंदे होकर इस तरह का वादा कर देते हो जब तुम्हें पता था कि उस लड़के ने चिराग को हराया था तो तुम्हें थोड़ा तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था ना अब इस वादे की खबर पूरे अंदरूनी हिस्से में फैल गई है अगर हम इससे मुकर जाएंगे तो हमारे वाइट कैंग की के कितनी बेजती होगी जानते हो अब हम कम से कम छह महीने तो रूप से लड़ नहीं सकते अंदरूनी हिस्से में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे वाइट कैंग को बेजत होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए हम उनका काम आसान नहीं कर सकते इमाद की बातों में झलकते गुस्से को महसूस कर फरान ने तुरंत उससे सवाल किया अगर ऐसी बात है फिर अब हमें क्या करना चाहिए इमाद हमें सरा हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते है ना अगर हमने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि कुछ नहीं हुआ फिर तो ये हमारे व्हाइट कैंक की वादा तो कर ही न करने का इसलिए इस दौरान तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए व्हाइट कैंग अगले छह महीने तक चाबाज जोशीले ग्रुप को कुछ नहीं करेगा ये सुनते ईशान के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी जिसके साथ उसने तुरंत इमाद से सवाल किया लेकिन भैया आप इस तरह ध्रुव और उसके साथियों को छह महीने के लिए कैसे आजाद छोड़ सकते हैं वहीं ईशान की बात सुनकर इमाद ने अपना सिर हिलाया और फिर ईशान की बात का जवाब दिया फिक्र मत करो अगले छह महीनों में वो ताकतवर तो हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते इसलिए जैसे ही छह महीने खत्म होंगे मैं खुद जाबाज जोशीले ग्रुप को मुकाबले के लिए चैलेंज करूंगा इस पर ईशान ने कुछ सोचते हुए भारी आवाज में कहा लेकिन भैया ये तो बहुत खतरे से भरा हो सकता है किसे पता की अगले छह महीने में ध्रुव और उसके साथी कितने ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और वो ध्रुफ कोई मामूली लड़का नहीं है जिसे हम कम समझने की भूल करेंगे कर करे तो भी वो ज्यादा से ज्यादा नौ सितारों वाला माहक्ष हो पाएगा ड्रोन रैंक हासिल करना वो भी इतने कम वक्त में तकरीबन नामुमकिन है और मैं इस फरान की तरह कोई बेवकूफ नहीं अगर मुझे अपनी ताकत पर पूरा यकीन भी होगा तब भी मैं उस लड़के को दो दो हाथ करने को तो नहीं बोलूंगा इस दौरान वाइट गैंग के लोग भी और ताकतवर हो जाएंगे और फिर हम सभी एक साथ मिलकर ध्रुव और उसके ग्रुप पर हमला करेंगे तब मैं देखता हूं कि ध्रुव शौर्य कैसे हमसे बचता है ये सुनकर ईशान थोड़ा झिझकने लगा क्योंकि वो अपने बड़े भाई से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया वो फिलहाल परेशान इसलिए था क्योंकि जंगल में ध्रुव के साथ -मन अनोखी चीज ना हासिल कर ले वही मात ने जैसे ही देखा की ईशान अभी भी थोड़ा परेशान दिख रहा था तो उसने मजबूरी में आ भरते हुए कहा ईशान यह हमारा अभी का प्लान है वक्त के साथ साथ अगर हालात बदलते हैं तो हमारा प्लान भी बदल जाएगा इस दौरान किसी ऐसे को जो शीलों पर ट्रेन करने जाऊंगा फिर मैं पांच से छह दिन की ट्रेनिंग के बाद ही वापस लौटूंगा इस दौरान फरान और बाकी लोग हमारे ग्रुप को संभालेंगे ये सुनकर सभी लोगों ने हामी भरते हुए हा कहा और फिर सभी सोने चले गए अगली सुबह जब आसमान सूरज की रोशनी से चमक रहा था तब नए स्टूडेंट्स के इलाके में बहुत से दरवाजे खुलने लगे उसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सीधे ध्रुव और दरवाजा खुला जिसमे से वो चारों लोग धीरे धीरे बाहर आए बाहर आकर वो सभी अपनी आंखों से जहां बाज जोशीले ग्रुप के मेंबर्स को बुलंद हौसलों के साथ वहां देखने लगे जिससे उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई वो जानते थे की वैसे तो सभी में फिलहाल कमजोर थे लेकिन उनकी काबिलियत काफी ज्यादा थी इसका मतलब अगर उन्हें थोड़े वक्त और सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो जरूर ताकतवर लोग बन सकते थे। थे, अब जो कि सभी लोग इकट्ठा हो गए तो ध्रुव ने बिना वक्त जाया किए सभी से कहा, चलो तो फिर चलते हैं ट्रेनिंग के लिए इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया और फिर वो बिजौरा एरा और लीजा के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा वही उन्हें इस तरह तेज रफ्तार में आगे जाता हुआ देख बाकी सभी स्टूडेंट्स भी तेजी से उनके पीछे जाने लगे उसके बाद आग शक्ति ट्रेनिंग टावर की सड़क पर मौजूद स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स के इतने बड़े ग्रुप को देखने लगे जो एक साथ टावर की तरफ बढ़ रहे थे ये नजारा देखकर सभी लोग थोड़े हैरान भी हुए, और तभी कुछ लोगों ने सबसे आगे ध्रुव को अपनी तलवार टांग कर भागते हुए देखा अरे ये तो वो लड़का ध्रुव शौर्य है ना हाँ यार ये तो कितना हैं है। और तो और उसके पीछे आती दोनों लड़कियां भी कितनी खूबसूरत है न जाने कौन किस्मत वाला होगा जिसके नसीब में वो दोनों लिखी होंगी ये लोग शायद उस नए ग्रुप जाबाज जोशीले के मेंबर होंगे ना जिसने अंदरूनी हिस्से में तैलका मचा दिया है ये लोग तो ताकतवर समझ आ रहे हैं अरे मैंने भी सुना है कि कल ध्रुव और व्हाइट गैंग के फरान के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें ध्रुव ने फरान को बुरी तरह हरा दिया था इस लड़के में जरूर कुछ बात तो है इस दौरान ध्रुव आस होती बातों को नजरअंदाज कर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ रहा था की उसके जाबाज जोशीले ग्रुप ने अंदरूनी हिस्से में शोर मचाने की शुरुआत तो करी दी थी ये बात अलग है कि जितना मशहूर उसका नाम हो गया था उससे ध्रुव ने अपनी दिखाई देने लगा और जब जाबास जोशीले ग्रुप के सभी मेम्बर्स ने उस रहस्यमय टावर को गौर से देखा तो सभी के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए इतने मीरा ने भी उस बड़े से टावर के ऊपरी हिस्से को देखकर ध्रुव से सवाल किया ध्रुव क्या यही है वो ताकतवर और शक्ति ट्रेनिंग टावर? ये तो वाकई लाजवाब है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जमीन के अंदर भी हो सकता है ये कहते हुए इरा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी जो आसपास के कुछ लड़कों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी तभी ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए इराकी बात के लिए हामी भरी उसके बाद वो मुस्कुराते हुए सभी को टावर के ठीक सामने ले गया दरअसल अंदरूनी हिस्से का एक नियम था जिसके हिसाब से ट्रेनिंग टावर के खुलने और बंद होने का वक्त तय था इसलिए ध्रुव और जाँबास जोशीले ग्रुप के बाकी मेंबर्स दरवाजे के खुलने का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो धीरे धीरे वहां बहुत से लोग भी इकट्ठा होने लगे इसके चलते वहां का शोर भी देखकर जाँबाज जोशीले के मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान रह गए उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आग शक्ति टावर में घुसना इतना मुश्किल होने के बावजूद वहां जाने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे वही जिस जगह पर इस वक्त ध्रुव और उसके साथ खड़े थे उस जगह पर सभी लोगों का ध्यान चाह रहा था पिछले कुछ दिनों में जाबास जोशीले ग्रुप का बंदा पूरे अंदरूनी हिस्से की खबरों में गूंजने लगा था और तो, और तो कर नजरअंदाज करने की कोशिश में लगे थे उसके बाद वक्त गुजरता गया और ध्रुव और उसके साथियों के आने के तकरीबन बीस मिनट बाद अचानक से कुछ लोग भीड़ में से होते हुए आगे आने लगे उसके बाद वो लोग चलकर सीधे ध्रुव और उसके ग्रुप की तरफ जाने लगे वह इन लोगों को ध्रुव की तरफ आता हुआ देख बाकी सभी लोगों की नजरें भी ध्रुव की तरफ हो गईं। उनकी आंखों में इस वक्त रोमांच दिखाई दे रहा था जिसके साथ वो इस ग्रुप के लीडर को ध्रुव के पास जाते हुए देखते रहे तभी उस इलाके का माहौल काफी अजीब हो गया जिसे महसूस कर ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली आंखें खोलते ही उसने देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ चलकर आ रहे थे और उन्हें देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखाई देने लगी तभी ध्रुव के बगल में बैठे अतुल ने ध्रुव को धीमी आवाज में बताया लीडर जरा संभल कर रहना ये लड़का जो सबसे आगे आ रहा है ये वाइट गैंग ग्रुप का लीडर इमाद है क्या होगा जब वाइट गैंग का लीडर इमाद और जाबाज जोशीले ग्रुप का ध्रुव होंगे आमने सामने जानने के लिए सुनते रहिए दिवानी नूनली आर्ज रिवंश के साथ सुपर यूथ था सिर्फ एफ एम पर